So guys, welcome back to my channel. Video को लाइक कर देन को सब्सक्राइब कर देने वाले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और अग्नि शेयर करना Double kill. blood double kill help me को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जैसे कि मैं कर रहा हूं वैसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय